चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं परसेंटेज से ठीक है परसेंटेज मतलब होता है प्रतिशत सभी को गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून सभी लाइव क्लास आ चुके क्या चलिए लाइव क्लास आ चुके हैं गुड मॉर्निंग नहीं कहना है ना गुड आफ्टरनून दोपहर तो दो बजे की क्लासेज चल रही है ठीक है चलिए आज की क्लास करने वाले हैं परसेंटेज यानी कि प्रतिशत से परसेंट देखने वाले हैं जो कि एस एस रेलवे जितने भी क्वेश्चन सभी क्वेश्चन देखेंगे ठीक है जो लोग व्यापम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी व्यस्त है पीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी व्यस्त है या फिर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए परसेंटेज से क्वेश्चन देखने को मिलता है हर एक एग्जाम में जैसे कि हाल ही में सीजीपीएससी सी भर्ती का एग्जाम हुआ है उसमें परसेंटेज के एक नंबर देखे हैं वैसे ही एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं प्रतिशत से ठीक है तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं प्रतिशत से जिन लोगों को जुड़ चुके हैं जल्दी से जुड़ जाइएगा या नहीं जुड़े हैं तो वीडियो को शेयर कर लीजिएगा ठीक है तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं तो चलिए प्रतिशत निकालेंगे प्रतिशत होता क्या है कैसे प्रतिशत निकाला जाता है ये देखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे बेसिक क्लियर आपको समझाऊंगा ना कि शॉर्ट ट्रेड ठीक है आपको एक मोटिवेशन देता हूँ देखिए सीढ़ी से चढ़कर जाना है ऊपर की तरफ ना कि लिफ्ट से यानी कि डायरेक्ट अगर आप लिफ्ट से चढ़ जाओगे तो कैसे सीखोगे वैसे धीरे धीरे प्रोसेस करते जाएंगे धीरे धीरे आपको प्रोसेस सिखाऊंगा कैसे कॉन्सेप्ट है बिल्कुल ध्यान से समझ प्रतिशत होता क्या है देखिए प्रतिशत का मतलब होता है सौ ठीक है प्रतिशत का मतलब होता है सौ देखिए अब 10 परसेंट है तो दस परसेंट को कैसे बदलेंगे अब 10 को कैसे लिख सकते तो 10 परसेंट कैसे लिखेंगे 10 का सब। अगर वृद्धि बोला जाए तो इसको कैसे लिख सकते हैं एक सौ दस बटा सौ लिखेंगे 10 परसेंट की वृद्धि हो रहा है ठीक है अगर कमी पूछा जाता है दस परसेंट की अगर कमी हो जाती है ठीक है अगर दस परसेंट में इसकी कमी हो जाती है इसको क्या लिख सकते हैं नब्बे बटा सब लिख सकते हैं, ठीक है तो चलिए सबसे पहले भिन्न को परसेंट में बदलना तो आप सभी को बता देना चाहूंगा कि दो अक्टूबर है आज ठीक है आज गांधी जी का जयंती है ठीक है बापू जी का जयंती है ठीक है दो अक्टूबर को गांधी का जयंती है ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं परसेंटेज से सबसे पहले प्रतिशत को भिन्न में बदलना है परसेंट को भिन्न में बदलना है ठीक है परसेंट को भिन्न में बदलिए परसेंट को भिन्न में बदलिए तो चलिए सबसे पहले परसेंटेज को भिन्न में बदलना सिखाएंगे ठीक है ध्यान से समझिएगा ऐसे ही कॉन्सेप्ट कि बिल्कुल आप लोग पूरा क्लियर समझ लोगे, ठीक है अगर एक बार में वीडियो में नहीं होता तो एक से दो बार वीडियो देखिए दो से तीन बार देखिए दस बार देखिए चलिए प्रतिशत को भिन्न में बदलना है ठीक है ये आपका पैंतीस परसेंट है चालीस परसेंट है पैंतालीस परसेंट है इसको भिन्न में बदलना है उसके बाद भिन्न को फ्रैक्शन में बदलेंगे ठीक है सबसे पहले परसेंट वाले देख लेते हैं पैंतीस को पैंतीस प्रतिशत को भिन्न में बदलना है ठीक है इसको ध्यान समझिएगा पैंतीस बटा सौ इसको और शॉर्ट रूप में लिख सकते हैं जो सो पांच से कार्य सौ ठीक है यानी कि सात बटा बीस ये आपका फ्रैक्शन में आ गया निकल के चलिए अब चालीस परसेंट को निकालेंगे तो कितना आ जाएगा चालीस बटा सौ यानी कि बीस कार देंगे बीस दो में चालीस और बीस पंचे सौ यानी कि दो बटा ये आपका भिन्न में आ चुका है यानी कि फ्रैक्शन ठीक है पैंतालीस का देखेंगे तो पैंतालीस बटा हो जाएगा इसको पाँच से काट देंगे पांच पैतालीस बीस पंचे सौ यानी कि नौ बटा बीस इसका आंसर आ जाएगा ये आपका फ्रैक्शन होगा ठीक है परसेंटेज को भिन्न में बदलिए इस प्रकार ऐसे बदला जाता है ध्यान से समझिएगा ठीक है अब इसी को भिन्न को फ्रैक्शन में बदलेंगे भिन्न को परसेंटेज में बदलेंगे ठीक है तो चलिए यहाँ तक सॉल्व हो गया ना अब क्या है भिन्न को परसेंटेज में बदलेंगे ठीक है भिन्न को भिन्न को प्रतिशत में बदलना है ठीक है भिन्न को प्रतिशत में बदलना है चलिए भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है कौन कौन सा है दो बटे पांच तीन बटे पांच छ बटे पांच ठीक है अब चलिए इसको भिन्न को फ्रैक्शन में सॉरी परसेंटेज में बदलना है ठीक है तो चलिए दो बटे पांच को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या पहले बताया था आप को प्रतिशत का मतलब होता है सौ ठीक है प्रतिशत का मतलब कितना होता है सौ इसको ध्यान से समझेगा ठीक है जो भिन्न है ये जो संख्या है उसको किस में बदलेंगे परसेंटेज में बदलेंगे तो परसेंटेज में बदलने से क्या करेंगे इसको सौ से गुना करेंगे ठीक है किस से करेंगे सौ से गुणा करेंगे तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं देखिए अब दो को प्रतिशत में बदलेंगे सौ से गुणा कर देंगे ठीक है प्रतिशत में बदलने के लिए सौ का गुना कर देंगे पांच से इसको काटेंगे बीस बार में जाएगा बीस से इसको तीन से गुना करेंगे कितना आ जाएगा साठ परसेंट हो जाएगा ठीक है कितना में जाएगा साठ परसेंट आपका हो जाएगा ठीक है इसके बाद देखिए छ बटे पाँच है तो छटे पांच को सौ से गुना कर देंगे तो ये भी बीस से कर जाएगा बीस करेंगे कितना आ एक सौ बीस परसेंट इसका ठीक है यहां तक हो गया सभी लोगों का आंसर आ चुका क्या चलिए कौन कौन का आंसर नहीं आया किसका किसका आंसर नहीं आया है चलिए अब देखेंगे आर आर जी आप क्वेश्चन देखेंगे ठीक है आर आरबी सीजी जी व्यापम को क्वेश्चन पेपर देखेंगे इसको ध्यान से समझिएगा एग्जाम में आया हुआ है ठीक है तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन है 20 का 60 परसेंट कितना होगा 20 का 60 परसेंट कितना होगा एग्जाम में आया हुआ है ठीक है एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है 2018 का प्रश्न है ठीक है ये अगर इस तरह के सवाल आपने हल कर लिए तो कोई भी एग्जाम हो चाहे व्यापम हो पी हो या एस हो कोई भी एग्जाम हो उसको आप क्लियर कर लेंगे ठीक है तो ध्यान से समझिएगा बीस का साठ परसेंट कितना होता है इसको नोट कर लिया क्या इसको मैं मिटा देता हूँ ठीक है यहां नोट कर लेना होगा बीस का साठ परसेंट कितना होगा इसको सॉल्व करना है ठीक है बीस का साठ परसेंट कितना आप सभी को परसेंटेज निकालना सिखा दिया हूँ पार्ट वन विडियो में ठीक है इसको ध्यान समझेगा परसेंटेज का मतलब होता है सब ठीक है तो 20 का 60 परसेंट क का मतलब होता है यहाँ पर गुना ठीक है क का मतलब होता है अगर ये वाला क्वेश्चन समझ लिए तो बिल्कुल आसानी से बना सकते हो अब देखिए बीस का साठ परसेंट कितना होता है बीस का साठ परसेंट कैसे निकालेंगे तो देखिए इसको सोल्व करते हैं बीस का का मतलब होता है गुना तो साठ प्रतिशत का मतलब होता है सौ हमेशा सौ को नीचे में ही लिखा जाता है ये हो जाए आपका अंश हो जाएगा और ये आपका हर हो जाएगा ठीक है तो चलिए इसको कैंसल कर देखिए कर देते हैं पाँच से कम पाँच पाँच बीस चारिया बारह यानी कि बीस और साठ का कितना हो जाएगा आपका बारह हो जाएगा कितना प्रतिशत हो जाएगा बारह हो जाएगा ठीक है चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं चलिए और क्वेश्चन देख लेते चार का पांच कितना होगा चलिए क्वेश्चन एक और है चार का से ठीक है चार का पांच से कितना प्रतिशत कितना प्रतिशत होगा चार का पांच से कितना प्रतिशत होगा ठीक है कितना प्रतिशत होगा चार का पांच से कितना प्रतिशत होगा तो इसे सॉल्व करते हैं ठीक है पांच से बोला गया है यानी कि चार बटा पांच गुना सौ क्या पूछा गया, गया। है प्रतिशत पूछा गया है ठीक है ध्यान से समझिएगा प्रतिशत पूछा गया है तो उसको कैंसल कर देते हैं बीस से कटेगा बीस चौं अस्सी क्या आ जाएगा इतना अस्सी परसेंट आ जाएगा यहाँ तक क्लियर हो गया क्या देखिए चार का पाँच से कितना प्रतिशत पूछा गया है ठीक है तो एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है एसएससी में आया हुआ प्रश्न है ठीक है और आरआरबी जो एग्जाम हुआ था उसमें भी आया है ये प्रश्न ठीक है चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन देख लेते हैं तीन बटे एक मिनट ना, तीन का पाँच से तीन का पाँच से कितना प्रतिशत होगा तीन का का से से कितना कितना प्रतिशत प्रतिशत होगा? होगा? तो चलिए इसको सॉल्व करें क्वेश्चन है है ये वाला ठीक यानी कि कमी नहीं पूछा गया है यहाँ पर सिर्फ परसेंटेज पूछा गया है कमी वाला भी बताऊंगा तीन का पांच से कितना होगा तो चलिए इसको सॉल्व करते ये वाला हमेशा नीचे में ही लिखना है क्या का मतलब होता है ये वाला पहले तो प्रतिशत का मतलब सब ठीक है तो चलिए इसको काट देते हैं इसे बीस बार में जाएगा बीस से कम बीस और बीस किया साठ कितना आ जाएगा यहाँ पर इसका साठ प्रतिशत होगा तीन का पांच से साठ परसेंट होगा ठीक है किन किन को समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे अपना डाउट पूछ सकते हैं ठीक है नीचे कमेंट बॉक्स दिया गया है वहां आप डाउट क्लियर कर सकते हैं ठीक है अगर एक बार में आपको याद नहीं होता या समझ में नहीं आता तो वीडियो को एक से दो बार देखिए दो से तीन बार देखिए दस बार देखिए ठीक है चलिए यहाँ से क्लियर हो गया इसको मैं मिटा देता हूँ ठीक है परसेंटेज वाला क्वेश्चन देखेंगे जो कि व्यापम और पी में आया हुआ प्रश्न है ठीक है दो से तीन नंबर यहाँ से पूछा जाता है देखिए अब यहां से कितना प्रतिशत है देखे थे अब कमी वाले प्रश्न देखने वाले हैं ठीक है तो चलिए कमी वाला प्रश्न देखेंगे मैं आपको प्रतिशत से भिन्न निकालना या प्रतिशत से भिन्न में बदलना या भिन्न को प्रतिशत में बदलना आपको सिखा दिया हूँ ठीक है अगर एक बार कोई समझ नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देख लेना ठीक है अब चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं बीस का साठ कितना होता है बीस का साठ कितना होगा 20 साठ परसेंट कितना होगा आया हुआ प्रश्न है इसको ध्यान से समझिएगा 20 का साठ परसेंट यानी कि मैं, मैं साठ बटा सौ कर देंगे तो इसको फाड़ देंगे तो बीस साठ बीस बीस पंचय सौ ठीक है बीस पंचय सौ इसको फिर से काट देंगे पांच कम पांच और पांच चौ बीस या कितना होगा होगा लेकिन अब क्वेश्चन देखेंगे कमी कमी वाले प्रश्न में में जैसे कि देखिए का कितना हो में कमी होगा ये वाला सवाल देखने वाले में। इसी सवाल को ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन आपको घुमा के पूछेगा बीस का साठ परसेंट कितना होगा पूछा गया है अब कैसे पूछेगा इसको बीस का साठ परसेंट कितनी कमी होगी साठ परसेंट की कमी होगी साठ परसेंट की कमी होगी यह प्रश्न पूछा है देखिए अब क्वेश्चन प्रकार है है सवाल इससे अलग बनेगा ठीक बीस का साठ परसेंट कितना होगा पूछा गया है अब यहां पर बीस का साठ परसेंट कितनी कमी होगी इसको नोट कीजिएगा कमी वाला पूछा गया था कितनी कमी होगी तो देखिये बीस का साठ से है ना बीस का 60 से कितना होगा कमी ठीक है तो चलिए देखते हैं यहाँ पर 20 में 60 से इसको घटा देंगे कितना आ जाएगा 60 में अगर 20 को घटा देते हैं तो कितना आएगा हमारा यहाँ पर 40 आ जाएगा ठीक है तो 40 ये वाला हमेशा नीचे में ही लिखना है ठीक है तो ये हो जाएगा 40 बटा साठ कितने परसेंट की कमी होगी तो सौ से हमें गुना करना है प्रतिशत निकालने की ठीक है तो चलिए सब कर देते हैं ये जीरो का जीरो गया दो से कार देते हैं दो दो चार और ठीक है तो सौ यानी कि आप सौ दो सौ बटा तीन ये आपका आंसर आ जाएगा इसे साथ छोटे रूप में भी लिख सकते हैं लेकिन यही आपको रहने देंगे ठीक है यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो आपको डाउट नहीं होगा ठीक है डाउट होगा कमेंट में पूछ सकते हैं चलिए छोटा वाला देखते हैं चलिए छोटा वाला देखेंगे देखिए चार का पांच से कितना प्रतिशत कम है चार का पांच से से बोला गया ठीक है चार का पांच से कितना प्रतिशत कम है कितना प्रतिशत कम है ठीक है चार का पाँच से कितना प्रतिशत कम है तो आपका एक परसेंट कम है ठीक है तो इसको घटा देंगे अगर चार में पाँच घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका एक आएगा ठीक है तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं तो एक आया जो एक को हम ऊपर में रखेंगे और पाँच वाला जो है उसको नीचे रखेंगे ठीक है सौ परसेंट से गुना कर देंगे. तो से देंगे कितना आ जाएगा बीस से उड़ देंगे कितना आ जाएगा बीस आ जाएगा कितना परसेंट कम है तो आपका आएगा यहाँ पर बीस की कमी होगी अगर दिया वाला समझ में नहीं है, अगर एक और क्वेश्चन बता देता हूं पांच का से कितना प्रतिशत कम होगा पांच का छ से कितना प्रतिशत कम होगा तो देखिए पांच में छ का टाइम कितना आ जाएगा आपका एक बजेगा एक को यही लिख देते हैं छह जो है उसको नीचे में लिख देंगे और 100 से हम गुना कर देंगे ठीक है अगर 100 को एक से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 ही आएगा छः का छः नीचे में लिख देते हैं इसको और छोटा रूप में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा दो से काट देते हैं तो दो तीन छः और दो है, 100 है। यानि पचास हम सौ यानी कि आपका पचास बटन तीन आएगा इसको और छोटा रूप में लिख सकते हैं तो कैसे लिखेंगे इसको ध्यान से समझिएगा ठीक है तो कैसे लिखेंगे सोलह बटे और ये दो आ जाएगा ठीक है सोलह से ही दो इसका आ जाएगा ठीक है आंसर यहां तक क्लियर हो गया ऐसे ही एग्जाम में पूछा जाता है एक ऐसा सवाल है जो एग्जाम में बार बार पूछा गया है इसको इसको ध्यान से समझिएगा मैं बताऊंगा ठीक है है क्लियर नहीं है, तो कमेंट बात में डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं चलिए ये वाले एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है जिसको तो देखते क्वेश्चन क्या कहते हैं वाई का अस्सी परसेंट है क्वेश्चन है आपका y अस्सी परसेंट y का 80 परसेंट कितना है y का 80 परसेंट कितना है ठीक है या फिर इसको ऐसे पूछ सकते हैं कि y का 80 परसेंट एक है y का 80 परसेंट एक सै तो y का 80 परसेंट एक मिनट ना अस्सी परसेंट एक है इसको ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है तो एक्स का कितना प्रतिशत होगा तो एकस का एकस का कितना प्रतिशत है चलिए इसको सॉल्व करते हैं देखिए वाई का 80 परसेंट एक्स है ठीक है वाई का 80 परसेंट अस्सी परसेंट एक्स है तो एक्स का कितना प्रतिशत है ये एग्जाम में आया हुआ है. तो तो सब कैसे सॉल्व का का का का मतलब मतलब अभी को मैं बता दिया था करना होता है है ठीक एक्स हो जाएगा ठीक है ये आपका हो जाएगा, एकस, आपका हो जाएगा तो का कितना प्रतिशत होगा का कितना प्रतिशत होगा ये आपका सॉल्व करना है ठीक है तो इसको ध्यान से समझेगा चलिए इसको कैंसल कर देते हैं छोटा रूप में लिख लेते हैं तो 20, बीस चौका सब यानी कि वाई गुना चार बटे पांच है ठीक तो, है का प्रतिशत बराबर इसको हम जैसे कि इसको नीचे ला देते हैं ठीक है अगर इसको नीचे लाएंगे कितना आ जाएगा आपका y बटा एक्स हो जाएगा वाई बटा एक्स ऊपर चला जाएगा तो पांच पांच बटन चार हो जाएगा ठीक है तो, तो यहाँ तो तो तो पर हो जाएगा सौ ठीक है चार से इसको काटेंगे तो कितना बार में जाएगा पच्चीस बार में जाएगा पच्चीस से पांच का गुना करेंगे तो एक सौ पच्चीस आ जाएगा कितना आ जाएगा एक सौ पच्चीस आपका आ जाएगा कितने तो इसके कमेंट में जरूर पूछेगा ठीक है जो लोग व्यापार की तैयारी कर रहे हैं जैसे एसआई होने वाला है छह नवंबर को तो ये वीडियो देख के जरूर जाना ऐसे ही आप बेसिक समझना चाहते हो बेसिक यानी कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हो तो वीडियो को जरूर देखें लास्ट तक अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ठीक है चलिए तक आपको क्लियर हो गया कितने बच्चे लाइव क्लास में जुड़ चुके हैं बताइएगा जल्दी कमेंट कीजिएगा यहाँ पर कितने बच्चे हैं कितने बच्चे जुड़ चुके हैं यहाँ पर बीस से पच्चीस 35 क्या पैतीस से चालीस है ना देखिए पैंतीस से चालीस लोग यहाँ पर लाइव क्लास में जुड़ चुके हैं ठीक है पैंतीस से चालीस लोग लाइव क्लास में जुड़ हैं। वीडियो को लाइक करते चलेगा ठीक है जितने भी बच्चे जुड़ चुके हैं है, है? ठीक है यहां तक क्लियर हो गया क्या एक ऐसा प्रश्न है जो व्यापार में आया हुआ है ठीक है किसी संख्या का बीस परसेंट है किसी संख्या का ठीक है किसी संख्या का किसी संख्या का 20 परसेंट किसी संख्या का 20 परसेंट एक है 20 परसेंट एक है तब उस संख्या का उस संख्या का 120 प्रतिशत होगा तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो ध्यान से समझिएगा है, है? तो संख्या, संख्या एक से मान लेते हैं या वाई मान लेते हैं ना ऐसे सोल्व करते हैं ठीक है तो किसी संख्या का तो किसी संख्या मान लेते हैं इसको एक से ठीक है तो किसी संख्या का बीस परसेंट बीस बटा सौ बराबर कितना है 120 है तब उस संख्या का उस संख्या का मतलब उस संख्या कौन सा संख्या है ये 100 वाली संख्या का तो 100 का 120 परसेंट कितना होगा ये एग्जाम में आपका प्रश्न है तो ये सवाल आपका है ऐसे ही पूछा गया है ऐसे ट्रिक से आपको बनाना है ठीक है तो देखिएगा ये वाला मान हमको निकालना है और 120 परसेंट से हमको गुना करना है ठीक है यही वाला मान हमको निकालना यही वाला सवाल पूछा गया है इस प्रश्न में तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं पहले इसको छोटा रूप में ले लेते हैं 20 से कम 20 और बीस पंचीस यानी कि x से गुना एक बटे पांच बराबर एक ठीक है इसको रहने देते डायरेक्ट सब मान रख देंगे यहाँ पर तो तो ये वाला रखना है गुणा तो हो जाएगा आप सभी को पता है ना कैसे करते हैं। अगर इसमें नहीं, एक देते हैं, तो बारह पंच साठ यानी कि छह सौ तो एक समान कितना हो जाएगा यहाँ पर छ सौ हो जाएगा अब यही पूछा गया है कि उस संख्या का यानी कि यही संख्या का मान एक सौ कितना होगा ठीक है जो यही संख्या है उसका मान कितना होगा यही एग्जाम में पूछा गया है यही प्रश्न है आपका ठीक है तो देखिए एक सौ का मान कितना आ गया 600 आ गया तो उसमें मान रख देते हैं तो यहाँ पर 600 सौ गुना एक बटा सौ तो ये दो जीरो और ये दो जीरो कैंसल हो गया तो 12 छ का बहत्तर यानी कि आपका हो जाएगा सात हो जाएगा कितना आ जाएगा आपका आंसर 720 परसेंट हो जाएगा यानी कि क्वेश्चन में पूछा गया है किसी संख्या का 20 प्रतिशत एक है किसी संख्या यानी कि मान लो हम एक लिए हैं तो उसका 20 परसेंट का 120 होता है तो उसी संख्या का 120 परसेंट कितना होगा यानी कि इसी संख्या का यानी कि एक संख्या का 120 सौ कितना होगा तो यही हमने मान निकाला यहाँ तक क्लियर हो गया होगा यहाँ तक किसी को डाउट देखिए 35 से 40 लोग जुड़ चुके हैं लाइव क्लास में ठीक है तो इसको यहाँ तक को समझ में आया ये कमेंट में जरूर बताएं अगर यह आपको समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को फिर से रिवाइज कर लीजिएगा एक बार फिर से समझिएगा ठीक है अगर एक बार में आपको वीडियो याद नहीं होता समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार देखिए दो बार देखिए कौन बोल रहा है दो से तीन बार देख लीजिएगा दस बार देखिए कैसे समझ में नहीं आएगा ठीक है यहाँ तक क्लियर हो गया एक छोटा वाला सवाल देखेंगे जो कि एग्जाम में आता है ठीक है छोटा छोटा एक एक नंबर का आता है एक एक नंबर का छोटा रूप में आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ठीक है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है कैसे सॉल्व करेंगे जैसे कि आप एग्जाम आपका एग्जाम होता है ठीक है आपका एग्जाम होता है पाँच सौ अंक कितना होता है पाँच अंक का एग्जाम होता है अगर आप एग्जाम में पास होते हैं तो आपको डेढ़ नंबर मिलता है कितना नंबर मिलता है डेढ़ नंबर मिलता है पाँच सौ आम का होता है आपका तो आपको डेढ़ नंबर का मिलता है तो परसेंट कैसे निकालते हैं तो यहां पर इसका निकाल गया परसेंट कैसे निकालें ठीक है अगर आपका एग्जाम पाँच सौ का होता है तो आप डेढ़ नंबर पाए है हैं तो इसका कितना परसेंट होगा देखिए परसेंट निकालते हैं कैसे परसेंट निकाल देते हैं तो सौ का कितना परसेंट होगा डायरेक्ट आप पांच इसको भाग कर देते हैं पांच से कम पांच पांच दिया पंद्रह यानी कैसे लाते हो ये आप लाते हो लेकिन कैसे लाते हो तो ध्यान से समझिएगा कैसा आता है परसेंटेज का मतलब होता है सौ ठीक है अगर प्रतिशत पूछ दिया जाए तो कितना प्रतिशत होगा तो एक बटे सौ लिखते हैं अगर पेशी संख्या नहीं दिया हो तब लेकिन इसको कैसे निकालेंगे 500 है इसका अंक है 150 नंबर पाया हुआ है एग्जाम में इसका परसेंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे यह तो आप तरीका सॉट पर निकाल सकते हैं पांच से लेकिन वो आया कहां से है इसको ध्यान से समझिएगा ये आता कैसे है ठीक है तो ये आता कैसे है इसको ध्यान से समझिएगा देखिए कैसे आता है तो ये पाँच है ठीक है तो चलिए इसको समझते हैं कैसे आता है तो ये हमने जो 150 नंबर पाए हैं उसको लिख लेते हैं जो अंक दिया रहता है 500 अंक उसको हम नीचे में लिखेंगे ठीक है 500 पांच के जो दिया है उसको नीचे में लिखेंगे ठीक है तो देखिए ये 150 हो गया आपका ये नीचे वाला 500 हो गया प्रतिशत में निकालना है तो सौ से गुना कर देंगे ठीक है ये दो जीरो कैंसर होगा ये दो जीरो कैंसर होगा बच्चा कितना पाँच यही हमने निकाला था ना जब ये प्रतिशत वाला रहता है तो ये दो जीरो नीचे का दो जीरो कैंसल हो जाता है तो इसका आ जाएगा डेढ़ सौ बटा पांच यानी कि आपका आ जाएगा तीस परसेंट ठीक है तीस परसेंट आ जाएगा यहां तक क्लियर हुआ और यहां तक आपको क्लियर नहीं हुआ तो देखिए एक बार और मैं बता देता हूं इसके बाद क्वेश्चन देखने वाले पार्ट टू वीडियो में परसेंटेज में कमी पर आधारित प्रश्न प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न प्रतिशत कमी और वृद्धि दोनों पर आधारित प्रश्न देखेंगे उसके बाद क्षेत्रफल से पूछे जाने वाला प्रश्न देखेंगे आयतन से पूछे जाने वाला प्रश्न देखने वाला है ठीक है देखिए इसको समझिएगा जैसा कि एग्जाम में आपका 600 नंबर का होता है ठीक है कितने नंबर एग्जाम में आपका छह नंबर का होता है आप उसमें कितने मार्क्स पाए हैं तो देखिए आप अगर 300 मार्क्स पाए ठीक है 600 में आप 300 मार्क्स पाए हैं और यहाँ पर प्रतिशत पूछा गया प्रतिशत याद करना है ठीक है तो प्रतिशत कैसे निकालना है ठीक है तो यहाँ पर देखिए, जो 300 दिया गया है मार्क्स उसको यहाँ पर लिखिएगा और जो 600 नंबर है आपका टोटल उसको नीचे में लिखना है और परसेंट से गुना करना है ठीक है ये दो जीरो दो जीरो कैंसल हो गया है तो छह से छह कम छः पंच कि आपका हो जाएगा पचास परसेंट यानी कि आप इसमें पचास प्रतिशत पाएंगे ठीक है वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा धन्यवाद